दोस्तों चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ आप इंग्लिश के प्रसिद्ध पोइट जो रहे हैं विलियम शेक्सपियर उन्हें तो जानते हैं यह काफी प्रसिद्ध पोइट रहे हैं ये बताते हैं कि मैं एक बार खूब रोया ये इसलिए रोते हैं क्योंकि इनके पास जूते नहीं होते लेकिन जो जूते भी होते हैं वो भी बहुत फटे पुराने बेकार से होते हैं फिर ये कुछ दिनों बाद गार्डन में घूमने निकलते हैं जब ये गार्डन में घूम ही रहे होते हैं तब ये कुछ दूर आगे चलते हैं तो इन्हें एक बच्चा बैठा हुआ दिखता है उसके पास अच्छे जूते होते हैं फिर ये सोचते हैं कि भगवान मेरे पास अच्छे जूते क्यों नहीं लेकिन कुछ देर बाद ये बिल्कुल शांत हो जाता है तथा तो इनकी जो उदासी होती है वो भी दूर हो जाती है पता है क्यों क्योंकि जो बच्चा था वह चल नहीं सकता था उसके दोनों पैर खराब होते हैं फिर ये कहते हैं भगवान ने हमें जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली और आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें तथा तो अगर इस चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें